अरे तुम तो वही लड़की हाँ? हो ना जो मुझे ट्रेन में मिले थे माफ करना लेकिन ये मेरा बेटा है आ? आज तो पैर में नहीं पहचान पाए लेकिन तुम तो यासुओ हिरोशी वैसे क्लास यूनियन में बच्चों को लेकर नहीं आना चाहिए है अंकल मैं आपको ये बात बता दूं कि ये मेरे बच्चे नहीं डैड है